वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मेरे साथ रौनक है रौनक पहली बार आया है ये कंप्यूटर पे बैठने वाला काम करता है और क्या पेन मतलब भी था तो डॉक्टर साहब के पास आया था तो अब ट्रीटमेंट होगा आज फर्स्ट टाइम है, तो है तो अब जैसे ये अपनी बैग देख नहीं सकते तो वीडियो बनाने से यह भी अपनी बैग और नेक की शेप दिख सकता है अभी तो हमने कपिंग की है देख रहे हो ये बाहर निकला हुआ ये सारी सूजन है गर्दन सीधी रखो सारी स्वेलिंग है साफ साफ नजर आ रही है उसी तरह से हमने नेक के आसपास भी किया है लेफ्ट साइड में इसकी ज्यादा है तो और पीछे सबसे ज्यादा साफ साफ नजर आ रहा है भी पॉस्टर और ये सारे यानी सारी चीजें झुकने लग गई है गर्दन से लेके बट अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है कर दिया है अब मैं इसका एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ और फिर मैं इससे पूछूंगा कि कैसा लग रहा है कब लग रहा आउट करेंगे इजी ओके नाइस नाइस नाइस उठ लेंगे इसकी काफी स्ट्रेथ है uh, मैं फील कर कर सकता फर्स्ट फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट रहा हूं कि उतनी ज़्यादा फ्रीली नहीं खुल रही दूसरा वाला क्लास ठीक है कंपेयर टू दी बीच की जो मिलेगा जो अब so, रोना बता दो कैसा लगा आपका लगास काफी अच्छा हो रहा लग रहा मतलब जा जा मतलब रिलीव है है हल्का लग मतलब था मतलब वहां पे काफी रिलीफ है रिलीफ लग रहा है तो मैंने आपको 10 दिन के लिए बोला है हाँ। तो प्लीज कंटिन्यूसली आइएगा ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकू और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो फीड करने की शॉर्ट वीडियोस और कंटेंट के साथ थैंक यू